सो हैलोन वेलकम बैक टू इंद गेम प्ले वीडियो गाइस सो गाइस आज हम लोग आ गए हैं फिर से नए गेम प्ले के साथ जिसका नाम है डेड हैंड ये भी एक हॉरर गेम प्ले है तो चलिए वीडियो को फटाफट फड़ से शुरू करते हैं और इससे पहले अगर आप लोग वीडियो पूरी देखते तो हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेलाइकन दबाना मत भूलिएगा जब तक आप लोग घंटी नहीं बजाएंगे तो हम हर वीडियो को ला आपके पास घंटी कैसे बजाएँगे अगर मेरी वीडियो आएगी तो आपके पास घंटी बजेगी तो बेलाइकन दबाना मत भूलिएगा तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो लास्ट तक देखिएगा एंजॉय करिए चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट और ये क्या है स्कूल सर ठीक है आगे चल भाई मीडियम इजी ठीक है मीडियम ही खेलेंगे हम लोग कंटिन्यू इट्स ओके गेट कैंसिल लोडिंग ओके नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट ना कौन पड़ेगा भाई हटा भाई क्या ही सीन है ओके okay. लोडिंग हो रहा है तो अभी हम आ चुके हैं इस्कूल में और इधर मेरी हार्ट बीट भी बढ़ चुकी है यह टॉर्च है चला ले भाई ये बैठ सकते हैं इससे और इससे खड़े होना है और इससे चलेंगे आगे और मुझे इसमें येलो पेपर ढूंढना है जो कि बीस येलो पेपर ढूंढने हैं कौन आवाज़ कर रहा है भाई बोलेगा नहीं क्या कौन आवाज़ कर रहा है भाई ठीक है इतने सारे यहाँ भरे हुए हैं इसमें से कुछ मिलने वाला है क्या प्रेस तो हो रहा है बट खुल क्यों नहीं रहा भाई ठीक है इधर दरवाजे हैं कोई ये है दरवाज़ा शायद ये एग्जिट डोर है मुझे यहां से ओ पहले मुझे येलो पेपर ढूंढना है फिर उसके बाद यहाँ पे की ढूंढनी है उसके बाद हम लोग का यहाँ से स्केप होने वाला है तो चलो फटाफट से देखते हैं किधर जाना है अभी खोलो भाई कुछ ना खुलने वाला ये क्या है भैया क्लासरूम अंदर जा अच्छा ऐसा खुलेगा कुछ प्रेस नहीं करना है मुझे ठीक है यहाँ कोई येलो पेपर है है भाई यहाँ मुझे नहीं मिलने वाला लगा येलो पेपर ये क्या पड़ा हुआ है ओके एक येलो पेपर मिल चुका है बहुत सी भाई और शायद एक यहाँ नहीं ये डायरी है और और येलो पेपर नहीं यहाँ पे येलो पेपर और नहीं है चलो बाहर निकलते हैं इस रूम से दूसरे रूम में चलते हैं देखते हैं वहाँ से क्या मिलता है अगर देखो यार आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नया तो कितनी बार बोल चुका अबे बढ़ गया कौन है भाई? ये। क्या हुआ बात करने के चक्कर में देख रहे हो ओ भाई क्या ही सीन है अबे छोड़ भाई और शकल तो देख ऐसा शोर सा शकल है भाई फिर से आ, ना। फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा सब स्किप करो और यार अभी बात नहीं करना मुझे फटाफट से मुझे पेपर ढूंढना है तो चलो इसमें चलते हैं और यहाँ से मुझे एक पेपर मिलने वाला था कहा गया कहा गया ये मिलने वाला था या, नहीं चेंज हो जाती है क्या बारी बारी से जगह चेंज हो जाती है भाई इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है इधर भी नहीं, नहीं येलो पेपर हैं अब कहाँ मिलेगी इस टेबल पे इस पर भी ना है इस पे भी ना है इधर इसका मतलब इसमें से अब हटा दिया गया येलो पेपर को अब मुझे दूसरे वाले रूम में जाना पड़ेगा चलो फटाफट फट से दूसरे वाले रूम में चलते हैं निकला मैं और ये कौन सा रूम है चल भाई इसमें मिल जाए शायद ये लैब वो है लैब है क्या मुझे पता नहीं कौन सा रूम है मैंने भी बार पढ़ा ही नहीं कौन सा रूम है ये यहाँ से पेपर भी नहीं मिलेगा यार कहाँ मिलने वाला है तब हेलो पेपर और तो चचा येलो पेपर दे दो भाई कहा पे रखी हुई है हैं? यहाँ ना है यहाँ भी ना है इधर भी ना है और इधर भी नहीं है तो फिर है कहा भाई कहीं भी नहीं है हैं? कब से ओ एक किधर से मिला ठीक है अभी मैं यहाँ से अबे रुक बाहर चलो फटाफट से अभी एक ये रूम है अबे रन कर भाई ओके हाइड हो चुके हैं हम यहाँ अब वो शायद मुझे नहीं टूट सकता वो रहा बाहर निकला कि अंदर आया मुझे कुछ ही नहीं पता कि वो बाहर निकला कि अंदर आया शायद से बाहर निकल गया अच्छा हार्ट बीट मेरी कम हो गई तो इसका मतलब वो बाहर चला गया है चल भाई खड़ा हो जा अभी यहाँ ढूंढना है हमको फटाफट से येलो पेपर कहाँ भी ना है इधर भी नहीं है इधर कंप्यूटर लैब है ये यहाँ भी नहीं है तो कहा मिल सकता है ये की, मिल, की की की की की की की की किस की, की चीज़ की है भाई है अपने आप ही क्या ओपन हो गया ठीक है कुछ तो ओपन हुआ बट मुझे नहीं पता ये एक येलो पेपर अच्छा नीचे भी मिल सकता है मुझे येलो पेपर एक रूम से एक ही येलो पेपर मिल सकता है और काफी गर्मी भी हो चुकी है मुझे अब एक आ गया वो भाई चला गया आ गया आ गया अब तो मारेगा ये ओ नो यार देख लिया ये फिर से मुझे देख लिया ऐसे मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ यार फिर से ट्राई करें ठीक है फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं देखते हैं क्या ही होता है चल भाई चल चलो फटाफट पड़ से एक ही रूम में तो खोजना तो पड़ता है भाई 20 येलो पेपर चाहिए छुप छुप कर ही काम करना पड़ेगा ऐसे नहीं तो मैं मर जाऊंगा बार बार मर जाऊंगा और कुछ पूरा नहीं कर पाऊंगा मैं इसमें नहीं है मुझे लगता है इसमें येलो पेपर ये वाइट पेपर है ऐसे येलो पेपर चाहिए मुझे वाइट इधर भी वाइट इधर भी ब्लैक पेपर कहाँ मिलने वाला भाई यहाँ नहीं है इस रूम में तो है ही ना दूसरे रूम में दूसरा रूम यही था ठीक है इसमें इसमें ये की मिल गई और ये नीचे पेपर पड़ा हुआ है ये मिल गया ठीक है एक ही पेपर एक ही जगह से मिल सकता है वो मुझे पता है अभी चलो अभी इस रूम में चलते हैं ये कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर लैब में मुझे कहाँ मिलने वाली थी नहीं इधर नहीं मिलने वाली थी कुछ इधर इधर भी नहीं मिलने वाला था इधर भी नहीं है कुछ इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है अभी कहाँ ढूंढूँ मैं ऐसे ऐसे गेम्स बना देते थे मुझे मैं खेल क्यों रहा इसको थक तेरी इसमें भी कुछ ना ये रहा कुछ पड़ा कुछ भी नहीं है सब चेयर फेर गिरा पड़ा हुआ है चलो यहां से निकलते हैं और अबे कहा भाई भाई भाग भाग भाग भाग भाग भाग भाग भाग भाग भाग, भाग चिपूजा, चिपूजा, चिपूजा। तक। नहीं खेलना मुझे खेलना ही नहीं है सूर्य जैसा मुंह लेके चला आ रहा है बार बार हट ना खेलना मुझे सुबह so इसको हम बाद में पूरा करेंगे देखते हैं इसको बाद में तो अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी है इसकी ग्राफिक्स थोड़ी अच्छी थी बट वो गेम्स नहीं सही थे हाँ उसमें बेस पेपर ढूंढते ढूंढते तो हालत ख़राब ही हो जाती तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय अगर वीडियो अच्छी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा तब तक के लिए बाय